माफ कीजिए हमने देखा नहीं तो आप देख लीजिए ना समझ रहे हो समझ रहे आप समझ रहे हो ना थोड़ा प्यास लगी है पानी पी लेते हैं प्यास तो हमें भी लगी है हम कुछ मदद करें एहे, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना आपकी प्यास बुझाने में तो करिए ना रुको जरा सबर करो बोला धक्का भुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ये लीजिए बुझा लीजिए अपनी प्यास मैं <laughs> <हुँ। laughs> तो आया हम लड़ने म्यूजिको इतमे